हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम भारत के तटीय राज्यों के बारे में जानेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत एक लंबी तटरेखा वाला देश है इसकी तटरेखा की लंबाई लगभग सात हज़ार किलोमीटर है इसकी तटरेखा से लगते हुए राज्यों में गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें